आउट ऑफ बिकम अ मिलियनियर ये वो सवाल है जो मुझे मालूम है कि आप इससे नाइन्टी परसेंट लोगों के मन में होगा और तो सुनो हमारे फाइनेंस के गुरु लोग क्या कहते हैं सुबह चार बजे उठो एक हफ्ते में चार दिन वर्कआउट करो और चौबीसों घंटे पॉजिटिव माइंड रखो लेकिन सच बताओ तो इन सबसे आपके मिलियनियर बनने से घंटा भी कुछ फ़र्क पड़ता है फ़र्क सिर्फ एक चीज़ से पड़ता है जो कि है अबेंडेंस माइंड सेट जिस पर अगर ज़्यादा मेहनत किया जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा तो याद रखना अबांडेंस माइंड सेट और मेहनत बाकी सब हाड़ में गया